दर्द के कारण बन बन घूमू वैदन को मीरा के प्रभु दर्दे जो बैदरिया हो जो बैदे हो। खाना मेरा काम करोगे बोलो क्या लोगे सर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे काना मेरा काम करोगे क्या लोगे सर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे ओ काना मेरा काम करोगे क्या लोगे सर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे नाव हमारी नाव हमारे छोटे हैं मेरे कान नाव हमारे छोटे हैं मेरे काना जी उसको पार करोगे बोलो क्या लोगे हो करोगे क्या लोगे सर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे ये जीवन चार दिन की है तुम्हारा साथ क्या मांगे बड़ी छोटी जिंदे जी तुम्हारा हाथ क्या मांगे ये जीवन चार दिन की है तुम्हारा साथ क्या मांगे ये बड़ी छोटी जिंदे जी तुम्हारा हाथ क्या मांगे लंबी उम्र जो दे बोलो क्या लोगे लंबी उम्र जो दो जो, बोलो क्या लोगे सिर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे हो कान मेरा काम करोगे क्या लोगे सिर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे मेरी नई या पुरानी है मुझे उसे पार जाना है मेरी नई या पुरानी है मुझे उस पार जाना है बड़ी कमजोर हूँ कंधा तुम्हें माझी बनाना है बड़ी कमजोर हूँ कंधा तुझे माझी बनाना है भव से पार करोगे हो से पार करोगे बोलो क्या लोगे सिर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे ओ गाना मेरा काम करोगे क्या लोगे आना मेरा काम करोगे क्या लोगे सिर पे हाथ धरोगे लो क्या लोगे हजारों गम छुपाए हैं लाखों बार रोए हैं जारों गम छुपाए हैं लाखों बारे रोवे गए हैं मगर अफसोस बनवानी मेरे सरकार सोए हैं मगरी अफसोस बनवानी मेरे सरकार सोए हैं दिल की बात सुनोगे हो दिल की बात सुनोगे बोलो क्या लोगे सर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे कोना मेरा काम करोगे क्या लोगे सिर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे काना काम करोगे बोलो क्या लोगे सिर पे हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे पे हाथ ढल